सिंगरौली के पांच गाँवों में आदित्य बिड़ला को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहण कार्यवाही में कुल अठारह हेक्टेयर भूमियों से विस्थापन के संबंध में पर्यावरणीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित इस सुनवाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक एम श्रीवास्तव और अपर कलेक्टर डीपी पी बर्मन सहित एस विकास सिंह कंपनी प्रबंधन और विस्थापित हितग्राही शामिल हुए कटनी में पांच गांवों बंदा तेंदुआ पिंडरवा देवरी और पचौर में आदित्य बिड़ला की ईमेल माइंस को आवंटित कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहण कार्रवाई में कुल 1850.94 हेक्टेयर भूमियों से विस्थापन के सम्बन्ध में पर्यावरणीय जन का आयोजन किया गया जिसमे विस्थापित होने वाले लोगों की शिकायतें सुनी गयी और उन शिकायतों को उचित माध्यम ऐसी केंद्र सरकार को भेजने का आश्वासन दिया गया जिस पर प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता रखी जाने की बात कही है वहीं विस्थापित नेता देवेंद्र पाठक सरपंच बंधा के साथ सैकड़ों हितग्राहियों ने बिना सार्थक हल किए इस मामले पर अपना विरोध दर्ज करवाया और मांग पत्र सौंपा देखिए पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जो आज बैठक रखी गई थी उसमें 2000 से ऊपर जनता थी और जनता को भय इसके पूर्व जिले की जो कंपनियाँ आई हैं उनसे जनता काफी पीड़ित तो और दुखी है जनता ये कह रही है कि पूर्व की जो कंपनियाँ आई हैं जिस तरह से उनके साथ सौतेला नौकरी नहीं दे रहे हैं रोजगार नहीं दे रहे हैं मुआवजा ठीक से नहीं दे रहे हैं उसी तरह की पुनरावृत्ति बंधा कोर ब्लॉक में न हो इसके लिए अलग से सी का प्रावधान किया जाए और हर विस्थापित को रोजगार देना अनिवार्य किया जाए आए हुए है उन सबको भारत सरकार